ओके हेलो स्टूडेंट्स आर यू आप सभी लोग कैसे होंगे होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ठीक है आज हम इस वीडियो में आप सभी लोग को बताएंगे सिंप्लीफ़िकेशन के बारे में राइट right? तो सिंप्लीफिकेशन एक्चुअली नथिंग अबाउट सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो एक रूल पे आधारित होता है राइट right? हम लोग सबसे पहले क्लास फोर्थ में डी पढ़ते हैं फिर उसके बाद ओ पढ़ते हैं ओ के बाद फिर बी पढ़ते हैं ठीक है ठीके? बी के बाद वी वी वी पढ़ते हैं ठीक है ठीके? तो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते रहते हैं ठीक है हालांकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल से पढ़ाऊँ पढ़ाऊंगा ठीक है कि कैसे करते हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस, राइट तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ रूल आता है सबसे पहले आता है जो रूल होता है वो आता है डी एम ए एस करके आता है ठीक है जो कि एक इट्स नथिंग अबाउट इट्स अ सिंबल राइट डी फॉर डिवीजन एम फॉर मल्टीप्लिकेशन ए फॉर एडिशन एंड एज फॉर सब्ट्रैक्शन राइट तो इसी तरीके से करते हैं अब हम आप लोग के कुछ ओ डीएमएस होता है कुछ बी डी एम एस होता है कुछ वी बी डी बी ओ डी एम एस चलता है राइट right? तो जैसे जैसे आप क्लासेस ऊपर चलते चले जाते हो उसी हिसाब से ये चीज बढ़ते चली जाती है ठाईक तो हालांकि मैं इस वीडियो में आपको यहाँ बताऊँगा ओ राइट ओ राइट ठीक है ठीक है तो अब देखते हैं भाई ओडीम क्या ओ स्टैंड जो होता है जो ओ का सिंबल होता है वो ओ होता है फॉर ऑफ के लिए किसके लिए ऑफ के लिए डी फॉर डिवीजन होता है ठीक है एन एम फॉर मल्टीप्लीकेशन होता है मल्टीप्लीकेशन होता है ए फॉर एडिशन होता है एडिशन एन एस फॉर सब होता है सब ठीक ठीक है मतलब ये ऑफ जो मल्टीप्लाई करता है डी फोर डिवाइड ठीक है एम फोर सॉरी हाँ देखो ऑफ जो होता है वो ऑफ मल्टीप्लाई का होता है जहाँ पे ऑफ रहेगा वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट तो ऑफ मल्टीप्लाई d डिविजन अगेन मल्टीप्लाई यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे सब टक्शन इतनी बात सब मैं सबको होप समझ पा रहे होंगे अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल कैसे बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल कराते हैं आप लोग को ठीक है तो हालांकि मैं इसको हटा देता हूँ कि मैं जूम करके इसको ले रहा हूँ ठीक है तो बिल्कुल सिंपल सर अगर हम इसको हटा के एक रूल बनाएं तो जो रूल हमारा बन किया जाएगा तो सबसे पहले हमारा रूल जो बन गया कुछ इस तरीके से रूल बन के आएगा कैसा रूल बन के आएगा वो बन के आएगा तो इस तरीके से है कैसे ऐसे जाहिर सी बात है ओ होगा वो होगा मल्टीप्लाई देन डिवाइड दैन होगा क्या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ठीक है जो ये ऑफ के केस में है ठीक है ऑफ के केस मल्टीप्लाई देन हमारा क्या आएगा देट इज़ हमारा आएगा एडिशन दैन सब तो ये हमारा इस तरीके से चलेंगे ठीक है पासेंगे आ रही है तो चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ सपोज टू 250 फिफ्टी है ना डिवाइड 5, ऑफ फाइव राइट मल्टीप्लाई बाई सिक्स माइनस ट्वेंटी ठीक है ये क्वेश्चन है बिल्कुल खूबसूरत सा, छोटा सा क्वेश्चन है ठीक है अब चलते हैं जैसे हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं आप लोग के लिए क्या ओ डी एम एस राइट तो ओ फॉर ऑफ ठीक है ऑफ जो कि हमारा ऑफ मल्टीप्लाई करता है तो हम देखेंगे यहाँ पे है तो फाइव मल्टीप्लाई फाइव सोल्ड ट्वेंटी फाइव लिख देंगे इसके नीचे और बाकी जो नंबर है जैसे वैसे एज इट इज हम लोग लिख देंगे तो दैट इज़ द डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई सिक्स माइनस अलग इति परसेंट नहीं हो आप सभी को समझ पाए समझ पाया होगी थोड़ा दिमाग से तो कहिए ठीक है टेके? ना समझ में आए तो रिवाइंड करके देखिए ठीक है टेके? अब यहाँ पे ये यह हो गया डी फोर डिवीज़न अप करना है क्या करना है ये ऑफ हो गया अब डी डिवीज़न करना है तो डी फोर डिवीज़न देख पा रहे हो यहाँ पे है आप यहाँ पे कर लो सीधे सीधे कैसे कर लोगे गई सी बात है 25 क्या ट्वेंटी को जब आप ट्वेंटी से करोगे तो वन टाइम है ट्वेंटी आएगा क्रॉस यहाँ पर जीरो जब जीरो नहीं कटा हुआ था वो जीरो ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाता है ताकि सिफ्टें कितना हो गया दैट इज मतलब टेन टाइम जाएगा है ना टेन टाइम जाएगा तो क्या करेंगे यहाँ पे टेन लिख देंगे और बाकी स्कूल नंबर ऐसे लिख देंगे माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस टू और राइट एक बात समझेंगे अब डिविजन खत्म हो गया अब मल्टीप्लीकेशन आ जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन देख पा रहा हूँ सीधे सामने से रखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन तो हम क्या करेंगे टेन सिक्स जहाँ सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस टू राइट आप क्या करें देंगे अब जाए थे बताया अब क्या, क्या? मल्टीप्लाई हो गया अब एडिशन करेंगे तो एडिशन के इस पर ध्यान दे राएगे. ये हमारा पॉजिटिव नंबर है ये हमारा पॉजिटिव नंबर ये नहीं कि दोनों से कर देंगे पसंद आए तो हम क्या करेंगे ये हमारा पॉजिटिव ये हमारा पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव नंबर है तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे।, देंगे तो 60 प्लस टू स्क्वल टू सिक्सटी टू माइनस को ट्वेंटी ठीक सिक्सटी टू माइनस को अब जो माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना माइनस किया तो माइनस यहाँ पर सिक्स है सिक्स फोर कर दिया तो दैट इज फोर्टीन एंड देन टू ट्वेंटी देन सिक्स दैट इज 36, सिक्स ओके आंसर आ जाएगा 36, सिक्स ओके डन होप सभी को समझ में आया होगा राइट आंसर आ जाएगा right? कितना आ जाएगा हम यहाँ दिख दे हैं शायद बोर्ड में नहीं आ रहा है हो जाएगा यहाँ पे कितना दैट इज द आंसर थर्टी ठीक क्लियर तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है न? और इसी तरीके से आप क्वेश्चन करिए सिंपलीफिकेशन का अभी तो रूल मैंने इसमें इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आगे आने वाले में हम आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन कराएंगे ठीक है ये अपडेट के मैंने एक छोटा सा वीडियो डाल दिया अबाउट द सिंपलीफिकेशन एज योर रिकमेंडेशन ठीक है और देखते रहिए ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग